हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं डॉक्टर रेन सिंह दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को बड़ी बीमारी के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे देश यानी भारत में ही नहीं अपितु हुए पूरे विश्व में फैली हुई बीमारी है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं यानी शर्करा रोग होता है जिसको हिंदी में शर्करा रोग कहते हैं या तो शुगर की बीमारी कहते हैं और मैं बता दूं दोस्तों कि यह जो डायबिटीज़ होता है भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी जो है समस्या बनती जा रही है क्योंकि बहुत पहले उन्नीसवीं शतब्दी में जो है बहुत कम लोग को होती थी हिंदुस्तान में बहुत कम लोग को होती थी आ, दूसरे देशों में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी लेकिन यहाँ पर बहुत ना के बराबर था लेकिन जैसे जैसे ये सुविधाएँ बढ़ती गई खान का जो है प्रचलन बढ़ता गया जो लोग अपना घर का भोजन छोड़ करके बाहर खाने लगे जो लोग मेहनत जो करते थे शरीर से पसीना निकालते थे वे लोग आराम करने लगे खुले हवा में सोते थे रहते थे अब जो है कि एसी में रहने लगे एसी कार में रहने लगे एसी रूम में रहने लगे तो इसकी वजह से जो है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल घटती गई और हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया होता है वो बिल्कुल ख़राब होता गया खा करके जो है दिन भर बैठे रहना लेटे रहना इसकी वजह से जो है डाइजेशन की समस्या होती गई और खाने पीने में जो हम लोग पहले भोजन करते थे जो घर का भोजन करते थे घर का जो साग सब्जी अनाज मिलता था या दूध दही मिलता था या घी मिलता था वो सब बिल्कुल अब तो मिलता नहीं है बाजारू चीज़ सब लोग ला खाते हैं बाजार की जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं बाज़ार की जो है ये अनाज है घी हुआ इसके अलावा जो है फ़ास्ट फूड पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे लोग तो फास्ट फूड के ज़माने में जो है जो बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन ये पकोड़ा पकोड़ी जो भी है जंक फूड है ये इसका इस्तेमाल करने से हमारे लीवर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा इसकी वजह से जो है हमारा डाइजेशन ख़राब होने लगा इसकी वजह से जो ऐसी समस्याएँ आने लगी तो आम भाषा में मैं आप लोग को चलिए बता देता हूँ कि इसको जो है शक्कर की बीमारी कहते हैं या शर्करा रोग कहते हैं डायबिटीज़ को यह जो है मनुष्य को धीरे, धीरे धीरे जो है कमज़ोर करता है उसके अंगों को कमज़ोर करता है जैसे कि मान के चलिए हमारा लीवर पहले कमज़ोर होता है डाइजेशन की वजह से इसकी वजह से उसके बगल में जो है अग्नाशय होता है जिसको हम पेनक्रियाज कहते हैं पेनक्रियाज पे असर पड़ता है इसकी वजह से जो है हमारे शरीर में जो है शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है तो चलिए इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा आपको आगे, आगे मैं बता दूँ कि स्त्री और पुरुष का जो है एक संबंधित दो का अनुपात होता है यानी कि एक स्त्री को और दो पुरुष को होता है ये शुगर की जो रेसियो होती है इसमें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो पहले से कल्चर है बदल चुका है खान पान बदल चुका है रहने का जो है जगने का सोने का दिनचर्या बदल चुका है पहले लोग जो है सुबह में चार बजे पाँच बजे तक जग जाते थे उठते थे टहलते थे एक्सरसाइज करते थे अपने खेतों में काम करते थे शरीर से पसीना निकलता था और जो हमारे शरीर में रोग होता था पसीने के जरिए सारा निकल जाता था जो टॉक्सिन होता था निकल जाता था लीवर स्वस्थ रहता था खाना अच्छे से पच जाता था भूख भी लगती थी अच्छे से लेकिन आजकल के जो युवा पीढ़ियां हैं आज या आजकल का जो मॉडर्न युग है इसमें जो है लोगों का दिनचर्या खराब हो गया है 12 बजे रात तक जगते हैं आठ बजे नौ बजे तक सोते हैं तो इससे होता क्या है कि इनडाइजेशन की समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है अपच होने लगता है किसी का लीवर फाइटी होने लगता है और दूसरी चीज़ दोस्तों की खान पान जो है बिल्कुल बदल चुका है अब जो है हर भोजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाला होता है बहुत ज़्यादा मसालेदार मसाले खाने से लीवर ख़राब होता है बहुत ज़्यादा तेल खाने से जो होता है तो आजकल की जो पीढ़ियाँ हैं सादा भोजन करना नहीं चाहती बहुत ज़्यादा लोग जो है मीट मुर्गा मांस का भी प्रयोग करने लगे इसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा हमारा लीवर खराब हो जाता है क्योंकि जो भोजन होता है वो पच नहीं पाता है वो सड़ने लगता है इसके वजह से हमारा जो लीवर ख़राब होने लगता है फैटी होने लगता है और शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं इसके वजह से जो है हमारा जो है अग्नाशय खराब होने लगता है जो पेनक्रियाज होता है ख़राब होने लगता है तो दोस्तों हमारा पेनक्रियाज जो होता है लीवर के जस्ट बगल में होता है जब लीवर फाइटी होता है तो ये इफेक्ट पड़ने लगता है पैनक्रियाज पर यानी अगनाशय पर और अगनाशय में ही ये हारमोन्स जो होता है इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है उसमें यह बनता है यानी सेक्रेट होता है तो दोस्तों जब खराब होने लगता है अग्नाशय, तो इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जो होता है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है जो शर्करा की मात्रा हमारे सेल कोशिकाओं को मिलनी चाहिए वो इंसुलिन ही हमारे जो है बॉडी में पहुँचाता है इंसुलिन की सहायता से हमारी सेल कोशिकाओं तक तो जो है शर्करा की मात्रा जो पहुंचती है अगर जब इंसुलिन कम बनने लगता है तो जो शर्करा होती है यानी ग्लूकोज होता है वो जो है ब्लड में मिल करके हमारे शरीर में जाने लगता है जिससे कि जो है शरीर हमारी जो है बेकार हो जाती है और कमज़ोर होने लगती है जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम भोजन करते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें जो है कैलोरी और ऊर्जा दोनों देता है कार्बोहाइड्रेट से हमें कैलोरी मिलती है और ऊर्जा मिलता है हमारी शरीर में शक्ति आती है ताकत आती है जोश आता है और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज के छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बदल जाता है और जो ग्लूकोज होता है ये इंसुलिन की सहायता से हमारी बाडी में जो है पूरे सेल को तक जाता है और हमारे मतलब बाडी में एनर्जी प्रदान होता है शक्ति प्रदान होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शर्करा में बदल जाता है और इंसुलिन की सहायता से हमारे सेल कोशिकाओं तक पूरे बॉडी में पहुंचता है और जब हमारे शरीर में जो है इंसुलिन बनना कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तो यही जो है शर्करा की मात्रा हमारे ब्लड में जो है बहने लगती है और जो है एक प्रकार की ये शुगर की बीमारी हो जाती है और जब हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है इसे ही डायबिटीज कहते हैं या तो शुगर रोग कहते हैं या तो शर्करा रोग कहते हैं चलिए मैं इससे आगे आप लोगों को बता देता हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति में जो शर्करा की मात्रा होती है आ, हमारे शरीर में या रक्त में वो कितनी होनी चाहिए तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फास्टिंग जो होता है खाली पेट में एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में जो है रक्त की में जो है शर्करा की मात्रा सत्तर से लेकर के एक सौ प्रति डी होना चाहिए याद कर लीजिए सत्तर से लेकर के 110 सौ प्रति एम होना चाहिए और भोजन के पश्चात यानी कि भोजन खाने के आधा घंटा बाद एक घंटा बाद 120 से लेकर 140-45 चालीस प्रति डी होना चाहिए इससे अगर ज़्यादा होता है तो यह जो है शुगर रोग यानी डायबिटिक माना जाता है चलिए पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि किस कारण से जो है शुगर रोग होता है यानी डायबिटिक रोग होता है इसके कौन कौन से कारण होते हैं जैसे कि हमारे अग्नाशय में जब इंसुलिन कम होने लगता है या कम बनता है या इंसुलिन की मात्रा घट जाती है तब भी जो है सरकरा जो है बढ़ जाता है और शुगर की बीमारी होने लगती है डायबिटिक की बीमारी होने लगती है और दूसरा होता है हारमोन्स में परिवर्तन जो हमारे बॉडी का हारमोन्स होता है Uh, कोई भी हारमोन्स हो टी थ्री टी फोर टी एस ये टेस्टेस्टोरान कोई भी हारमोन्स हो अगर घटने लगता है तो समझ जाइए कि हमारे शरीर में कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही है इसकी वजह से ऐसा हो रहा है तो हारमोन्स घटने के मैं कुछ कारण बता देता हूँ जो आजकल का खान पान है मेन खान पान होता है दोस्तों और दूसरा जो है सोने जगने का दिनचर्या बहुत सारे लोगों होते हैं ड्यूटी करते हैं इसकी वजह से भी होता है या बहुत सारे लोग आ जाएँ बारह एक बजे तक रात तक जगते हैं और सुबह तक सोते हैं आठ नौ दस बजे तक इसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है पेट साफ नहीं रहता है और जो है शरीर पर इफेक्ट पड़ने लगता है लीवर पर इफेक्ट पड़ने लगता है जिससे हारमोन्स इम्बैलेंस होने लगता है और मुख्य कारण यही होता है कि हमारे शरीर में जो है सही से जो है न्यूट्रीशियन नहीं मिल पाता है जो पोषक तो नहीं मिल पाता है तो इसके वजह से होता है ऐसा तब होता है जब हमारा भोजन सही से हमारे बॉडी में नहीं पचता है दूसरा मैं आप लोग को बता दूं अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में पूर्ण रहता है अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है तभी ऐसा होता है कि उसको डायबिटिक हो जाता है इसलिए आप लोग अपने जीवन में जो है ज़्यादा तनावपूर्ण जिंदगी न जिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ की ज़िंदगी न दिए और खान गलत न करें गलत तरीके से न करें बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग जो तेल मसाला मीट मुर्गा मछली का प्रयोग करते हैं अल्कोहल का उपयोग करते हैं तो ऐसा न करें और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का प्रयोग न करें घर का भोजन करें और सलाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और सही टाइम से जगें सही टाइम से सोएँ और एक उम्र का भी होता है इफ़ेक्ट दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब जो है डायबिटिक का एक कारण बनता है और दूसरा जो है बहुत ज़्यादा जो लोग फैटी हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं लोग तो उनको भी ऐसी समस्याएं आने लगती है कि डायबिटिक होने लगता है और नेक्स्ट जो है आराम की जो ज़िंदगी लोग जीते हैं जो लोग एसी में रहते हैं एसी में ड्यूटी करते हैं एसी में आते जाते हैं ऑफिस तो में जो है बैठे बैठे ड्यूटी करते हैं या घर पे भी कोई काम नहीं करते हैं शरीर से जो पसीना नहीं निकल पाता है जिसकी वजह से टॉक्सिन हमारे बॉडी में रह जाता है तो इसके वजह से भी ऐसा होता है कुपोषण के कारण भी बहुत सारे लोग को जो है डायबिटिक हो जाता है जो लोग कुपोषित होते हैं बिल्कुल स्वस्थ नहीं रहते हैं पोषण सही से नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से भी जो है डायबिटीज़ हो जाती है और नेक्स्ट है दोस्तों जो लोग किसी बीमारी से ग्रसित हैं बहुत ज़्यादा दवाओं का प्रयोग कर लिए हैं तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है क्योंकि उसके वजह से भी हमारे शरीर के हार्मोस इंबेलेंस जाते हैं लीवर पर इफेक्ट पड़ने लगता है किडनी पर इफेक्ट पड़ने लगता है तो इसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने का चांस रहता है दोस्तों मुख्यतः जो है तीन प्रकार का होता है आ, पहला जो होता है टाइप वन डायबिटीज होता है इसमें इंसुलिन नमक जो हारमोन्स होता है हमारे शरीर में नहीं बन पाता है और जिससे ग्लूकोज जो होती है हमारे बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है, हमारे सेल कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाते जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं मिल पाता इसकी वजह से हमारे शरीर जो है कमज़ोर होने लगती है यह प्राण जो है कि में होता है जो लोग किशोरावस्था में तो ऐसे लोगों को जो है इस टाइप वन की जो है डायबिटीज़ होती है और टाइप टू डायबिटीज़ उन लोगों को होती है जो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें भी इंसुलिन तो बनता है बहुत कम मात्रा में बनता है इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है हमारे रक्त में जो है मिल करके हमारे बॉडी में जो है पूरा चला जाता है और इसको जो, जो, जो है रक्त शर्करा करते हैं और हमारे रक्त में जो है ग्लूकोज की मात्रा जो है अनियंत्रित हो जाती है आ, यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और बता दूं कि यह जो है नाइन्टी परसेंट लोगों में पाया जाता है टाइप टू डायबिटीज़ जो है नाइन्टी परसेंट लोगों में ही पाया जाता है तो तीसरा जो होता है गेस, गेस्टेशनल डायबिटीज होता है ये उन महिलाओं को होता है जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं गर्भावस्था के दौरान जो है गैस्टेशनल डायबिटीज़ होता है ऐसे महिलाओं को कभी कभी किसी को होता है आ, यह टाइप थ्री डायबिटीज़ है तो मैंने बता दिया तीनों को टाइप वन टाइप टू टाइप थ्री और चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ इसके लक्षण जो डायबिटिक के लक्षण हैं तो मैं बता दूं कि इसमें होता है बार बार जो है पेशाब लगती है जो पेशेंट होते हैं और रात में अधिकतर जो है पेशाब लगती है और जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ पर चीटी चीटियाँ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लिपट जाते हैं अगर इस तरह से खाली स्थान में करें तो, तो बार बार पेशाब लगती है रात के समय में ज़्यादा पेशाब लगती है और बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मुँह सूख जाता है अंदर से होठ भी सूख जाते हैं बार बार प्यास लगती है फिर भी मुँह जो है सूख जाता है और मुँह पे जो है चेहरे पे भी सूखा पड़ जाता है अत्यधिक भूख भी लगती है जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको अत्यधिक भूख भी लगती है और पूरे शरीर में जो है खुजली होती है जो ईचिंग होती है पूरे शरीर में होती है चुभन टाइप होने लगती है कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है वजन घटने लगता है धीरे धीरे देखेंगे कि वो बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं मेंटली कमजोरी हो जाती है फिजिकली कमजोरी हो जाती है वे बिल्कुल जो है अस्वस्थ हो जाते हैं और पहली बात तो जल्दी से कोई भी रोग उनको ग्रसित कर लेता है वो इम्यूनिटी पावर जो होती है उनकी घट जाती है जो प्रतिरोधक क्षमता होती है घट जाती है थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है कोई काम करते हैं थक जाते हैं थोड़ा सा भी कोई काम करने हैं सांसें फूलने लगती हैं और मैं बता दूं कि पैरों में भी सुन्दपन होने लगता है कोई चोट वोट लग जाती है तो घाव जल्दी से सूखता नहीं शुगर होने की वजह से रक्त में जो है शर्करा की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से घाव जल्दी से सूखता नहीं है और जो महिलाएं होती हैं माहवारी के समय में भी उनको कष्टदायक माहवारी होती है तो ये उसके लक्षण है दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे होता है और लक्षण क्या होता है किस प्रकार से होता है तो दोस्तों मैंने अपने अपने इस वीडियो में आप लोग को बताया कि आ, इसका सिम्टम क्या है इसका लक्षण क्या है ये कितने प्रकार का होता है कैसे होता है क्यों होता है अपने इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल बता दिया है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा नमस्कार